हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स में आप सब लोगों का स्वागत है आज हम फिर से खेलने वाले हैं। आज हम फिर से खेलने वाले हैं एक रेसिंग गेम।, गेम करते भी इस चैनल अल्फर तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गेम करते हैं हम लोग हमारा गेम स्टार्ट हो गया है ये हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स आप जैसे कि देख पा रहे हैं स्टार्ट करते हैं रुक जाइए हमारा गेम स्टार्ट हो गया ये रही हमारी कार ये हम कार सेलेक्ट कर लेते हैं इधर कोई भी ये कार अच्छी फ्री आया फ्री ले लेते हैं ये हम ले लेते हैं फ्रेंड्स हम कर लेते हैं मैच स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स ये हमारा गेम प्ले स्टार्ट हो गया है और रेसिंग का भी स्टार्ट करते हैं हम फ्रेंड्स आइए हम कार स्टार्ट करते हैं स्टार्ट स्टार्ट करते हैं होने वाला है तब तब तक तक अपडेट अपडेट हम लोग कर लेते हैं फ्रेंड्स जल्दी जल्दी हम अपडेट अपडेट अपडेट मार रहे हैं हैं अपनी गाड़ी वाड़ी को कर लेते चलिए फ्रेंड्स ये अपडेट हमारा हो गया है गेम स्टार्ट कर दिया हमें अपने गेम स्टार्ट कर दिया मैप लग रहा है कोई अच्छा सा बहुत अच्छा गेम है रेसिंग गेम है एक तरह का ये हम गेम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये हमारा स्टार्ट हो गया है ये रही मेरी गाड़ी है ये रही ये मैंने स्टंट मार दिया चलो जल्दी से बूस्टर लेना पड़ेगा चल दो चलो जल्दी चलो चलते हम आगे चलिए फ्रेंड्स ये पुलिस पीछे पड़ गई है पुलिस पीछे पड़ गई गे वो गेम रिज्यूम हो गया था चलिए पुलिस को भी बच रहा फर्स्ट आना है जल्दी से हम आते है इस गाड़ी इसमें हम बूस्टर से चलते हैं जल्दी जल्दी चलो चलते हैं हम लोग चलो चलो बूस्टर बूस्टर जल्दी आगे आगे आगे फर्स्ट पोजीशन मेरी है फ्रेंड्स फर्स्ट पोजीशन मेरी है, ये, ये मैं जीत गया ये हम लोग जीत चुके हैं ये हम लोग जीत चुके हैं है, फाइनली रिवॉर्ड में मिल रहा है जल्दी से रिवॉर्ड नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मैच मैच स्टार्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं हम जल्दी से गाड़ी हमारी ये ले लेते हैं अपडेट आया है गाड़ी में अपडेट कर लेते हैं गाड़ी को कलर कौन सा रखे कलर कलर ये ब्लू वाला ठीक लग रहा है ब्लू वाला ठीक है ब्लू वाला ठीक लग रहा है ब्लू ग्रीन शेड में आए मॉडिफाई आया मॉडिफाई कर लेते हैं हम जल्दी से मॉडिफाइड हमारी गाड़ी होने वाली है इस चैनल पे नए हो हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और दो और बेल आइकन भी दो दो। स्टार्ट गया हमारा उन मिला में कोई मैप जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा गेम स्टार्ट हो गया यह हमारा गेम स्टार्ट हो गया है जल्दी से ये है मैंने मारा स्टंट जल्दी से दो लोग इसमें दो लोग इसमें फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन में मैं फर्स्ट पोजीशन पे चल रहा हूँ दो लोग का दो लो है खाली दो लोग गाड़ी अरे यार में टुकरा गया मैं टुकरा गया चलो चलो जल्दी जल्दी आगे निकलो हमारा टीम मेंबर जल्दी से आगे निकल चुका है जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो चलो, चलो चलो चलो चलो जल्दी जल्दी आगे ये स्टंट का है स्टंट मारते हम लोग चलो चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो चलो जल्दी चलते आगे आगे चलते हम लोग चलो चलते हम लोग आ अरे यार ट्रेन से टुकरा गया चलो, चलो, चलो, जल्दी चलो। जल्दी हूँ बूस्टर दबा के चला रहा हूं मैं ये हमारा बूस्टर हमने कर दिया है अब स्टंट माते है हम लोग अरे यार स्पीड डाउन हो गई तो रुको रुको चलो आगे चलते है जल्दी से चलो जल्दी से चलते हम लोग ये हम जीत गए हैं फर्स्ट सेकेंड पोजिशन हम हार गए ना सेकंड पोजीशन, चलो जल्दी से आगे आगे चलते है जल्दी जल्दी दूसरा दूसरा मैप हमारा खुल गया है, लेवल है। लेवल, लेवल पे हम हम आ गए हैं। हैं, करते है। गाड़ी, कौन सी गाड़ी गाड़ी, गाड़ी, गाड़ी लेते हैं। जो अपडेट हमने अभी करी है चलो ये मैप हो गया है वाटर साइड वाला कोई मैप है चलो चलो ये हमारा मैच स्टार्ट हो गया है चलो चलो जल्दी चलते हैं हम लोग ये सबको मार दिया हमने जल्दी चलते हैं। फर्स्ट पोजीशन मेरी है और छह लोग खेल ले इसमें छह लोग की है लोग छह लोग है गाड़ी जल्दी से मैं फर्स्ट पोजीशन मेरी है चलो चलो जल्दी चलते आगे सेकंड हो गई मेरी बूस्टर मैंने चलाया फर्स्ट हो गया मैं बूस्टर लेते हैं ये जल्दी जल्दी ये हम जीत चुके हैं फ्रेंड्स हम लोग जीत चुके हैं फर्स्ट पोजीशन हमारी आ गई है दूसरा मैप भी है चलो दूसरा मैप गाड़ी कौन सी ले गाड़ी सही लग रही है मुझे चलो चलो जल्दी आगे चलते हैं चलो आगे चलते हैं हम गाड़ी कौन सी ले देखते हैं ब्लैक अली गाड़ी लेते हैं फिर से हम मजा अच्छी थ्री टू बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी आई है हमारा आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे ये मैच मैच स्टार्ट हो गया है पोजिशन मेरी सिक्स है लेफ्ट लिया जल्दी से पोजिशन पे जल्दी आगे चला मारा जीत गया फर्स्ट पोजीशन मेरी है समय फर्स्ट पोजीशन मेरी है चलो चलो जल्दी चलते हैं ये ये हमने मार दिया चलो चलो जल्दी चलते लोग चलो जल्दी, जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी आगे निकलना आगे निकलना जल्दी ये हमने बूस्टर चलाया सेकंड पोजीशन है ये हमारी ये चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो चल्दी चलते हैं जल्दी ये हमने बूस्टर पैसे चलाया हम फर्स्ट पोजीशन हमारी है बस जीतने वाले हैं हम चलो चलो ये हम लोग जीत चुके हैं फाइनली फाइनली हम लोग जीत गए हैं फाइनली फ्रेंड्स हम लोग जीत चुके हैं इसी बात पर जीत की मुझे लाइक कर देना चलो जल्दी से देखते हैं कौन सा मैप दूसरा मैप लगाते हैं दूसरा मैप लगाते हैं कौन सा लगाए कौन सा लगाए दूसरा मैप कौन सा ये लगा देते हैं गाड़ी इसमें से कौन सी हमें लेनी है चलो चलो जल्दी अपडेट इसमें कुछ आया नहीं है गाड़ी में स्पीड इस भी इसमें अभी बढ़ा चलो मैप हमारा। कार, मैं मैप हमारा डेली डेली लूट में कोई कोई है हमारे पास ये टाइमर वाला लगा है ये टाइमर आला लगा है हमें टाइम इसमें कलेक्ट करना है चलो चलते हैं जल्दी जल्दी ये ये हमने हमने मारा ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट जल्दी चलते हैं हम आगे। चलो चलो ये हमारा कैसे चलते हैं जल्दी से ये हम फर्स्ट आ गए कैसे मैं बहुत छोटा था हमारा मैप बहुत छोटा था चलो जल्दी से अब कौन सा मैप लगाना है चलो यला लगाते हैं न्यू काला न्यू काला देखते, देखते है चलो लगाते हैं ये कालाई गाड़ी और कोई गाड़ी खुली है तो देख लू मैं नहीं एक ही गाड़ी खुली है या हमारे पास अपडेट आ गया उस गाड़ी दूसरी गाड़ी में येलो वाली गाड़ी है येलो नहीं है ग्रीन वाली सॉरी मैप स्टार्ट हो गया हमारा न्यू यूए काला हमारा मैप लग गया है ये हमारा वन स्टार्ट ये स्टार्ट हो गया हमारी जल्दी से हमें आगे चलना होगा हमारी है ये हमने बूस्टर दबाया ये रहा था था है चलो चलो जल्दी, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो चलो चलो जल्दी ना बच के ये लोग जितना मुझे ये तब पुलिस पुलिस पीछे पड़ जाती है इसमें चलो चलो चलो जल्दी चलते जल्दी चलते हैं आगे जा रही है हम पीछे रह गए सिक्स पोजीशन चल है। ए मार दिया दो लोगों को हमने चलो जल्दी चलते हैं अरे यार ठोक दिया फिर से चलो चलो जल्दी चलो ये हमने ले लिया ये अरे अरे ठोक दिया इन लोगो ने पुलिस बहुत भूल रहे चलो जल्दी चलो अरे अरे अरे अरे अरे अरे मैं टकरा के पुल के अंदर ही गिर गया पानी में अरे अरे अरे अरे पुलिस अले हटे हटो हटो हटो हट गए हट भाई हट ही नहीं रहे ये लोग अरे चला जा चला जा अरे फिर पानी में मैं गिर गया चलो दुबार रिस्पन हो गया पोजीशन मेरी एट हो गई हारने तरह से लो हार हारने वालों फिनिश आ गया हमारा ये हार गए हम मैच मैच हार गए हम आप देख सकते हो जैसे कि हम एट पोजीशन में आए हैं